बेशक तू चली जा पर इतना बता दे बेशक तू चली जा पर इतना बता दे जहाँ तेरी याद न आए जहाँ तेरी याद न आए ऐसी कोई जगह बता दे